हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग कोरोना काल चल रहा है पता नहीं कब हटेगा कब नहीं हटेगा देखते हैं लॉकडाउन कितने दिन रहता है तो भाई प्लीज़ थोड़ी सी सावधानियां बरतें मैं भी अपने घर पे ही हूँ या सब वैसे तो अपने घर पे ही हुए हैं फिर भी बाहर जाने से थोड़ा सा बचें कोरोना की बीमारी कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है तो अपने हाथों को कपड़ों को सैनिटाइज करें जब बाहर जाएं आए तब भी करें और समय समय पे ध्यान रखें कि क्या गतिविधियाँ हो रही हैं बाहर तो थोड़ा सा उनसे बचें तो बचाव ही सुरक्षा है कोरोना बहुत महामारी बीमारी है एक बार हो गई पैसे तो देखी जाए ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी पैसे तो दोबारा आ जाएंगे तो फिर तो तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं सिर्फ हम लोग तो तीसरी लहर को ना न दी जाए इसलिए अपनी सुरक्षा पहले का पहले ही कर लेनी चाहिए हमें इस आंकड़े हैं जो भी हैं मरीजों के आंकड़े वगैरह तो कोरोना के आंकड़े हैं उनको बढ़ने नहीं देना उनको गिराना है जियो का आज अमरी का न्याय मार्क्स फ्री कर दिया है मतलब कि वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वो नहीं सब लोग पहले जैसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं ये वहाँ की सरकार ने अनाउंस कर दिया है क्यों क्योंकि वहाँ के लोगों ने समर्थन किया है कोरोना का और हमारे यहाँ के लोग घरों से बाहर जा रहे हैं कि बाहर के हाल देखें क्या है, क्या है क्या नहीं ऐसा ना करें तीसरी लहर को आने से रोकें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तीसरी लहर ना आए तो होगा की जिम्मेदारी हम सब की है तीसरी लहर को जितना हो सके ना आने दिया जाए क्योंकि तीसरी लहर को रोकना हमारे ऊपर है कितना हम घरों के अंदर रहेंगे तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं तो घर के अंदर रहें तीसरी लहर है जो भी है उसको ना आने दे पता नहीं बीमारी है क्या है कुछ पता ही नहीं है इसका क्या चक्कर है बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं समझ नहीं आ रहा कैसे बात बनेगी तो अपने घरों के अंदर रहें सुरक्षित रहें और बाहर जाने से बचें अपना जो इंटरटेनमेंट का सामान है भाई अपना तो फ़ोन ही है टीवी है घर का परिवार है तो, तो सोच रहे होंगे कि मैं तो बिना मार्ग से बैठाऊँ मैं बिना मार्ग से बैठा हूँ सिर्फ अकेला बैठाऊँ अपने रूम में यहाँ पे कोई नहीं है तो ऐसा ना सोचें गुण। गुण। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि लोगों तक जागरूकता फैलनी चाहिए जब तक लोगों में जागरूकता नहीं फैलेगी लोगों को पता नहीं चलेगा मैं कह रहा ये मेरी वीडियोस, जो भी सोशल साइट पर वीडियोज़ पड़ी हैं कोरोना की उसकी सभी को शेयर करें उनके बारे में लोगों को बताएं जो भी बाहर ढोल रहे हैं उनको समझाएं। प्रशासन क्या करेगा भाई प्रशासन तो अपना काम कर रहा है जो कर रहा है हमें भी हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें धन्यवाद जय